वेलकम टू आई टी आई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का कर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने फिर से एक अपडेट लेकर के आया हुआ हूं जो कि ग्रीवेंस से रिलेटेड है आज एन की ओर से एक मैसेज आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है एन सी पोर्टल पर ग्रीवेंस प्रोफाइल रिलेटेड एवं एग्जाम नेशन रिलेटेड का लिंक पुनः खोल दिया गया है एवं जिन्होंने पहले ग्रीवेंस डाला हुआ है ग्रीवेंस आईडी के माध्यम से चेक किया जा सकता है यदि वर्तमान में भी पेंडिंग प्रदर्शित हो रहा है तो नोडल आईटीआई में संपर्क करें धन्यवाद ये तो जो अपडेट आई हुई है इसके बारे में है अब मैं इसे चेक करता हूँ ये रियल है कि नहीं है अब हम सबसे पहले एम सी के पोर्टल पर आ जाएंगे। इसके बाद में कम्प्लेंट टूल्स पर क्लिक करेंगे इसके बाद में ग्रीवेंस इसके बाद में लॉग ग्रीवेंस पर क्लिक करेंगे लॉग ग्रीवेंस पर क्लिक करते ही मैं यहाँ पे किसी भी एक कैंडिडेट्स का यहाँ चेक कर रहा हूँ इसके बाद में ग्रीवेंस टाइप में सेलेक्ट करेंगे अब देखिए यहाँ पे ग्रीवेंस टाइप शो कर रहा है प्रोफाइल रिलेटेड एग्जामेशन रिलेटेड इसका मतलब ग्रीवेंस फिर से इस्टार्ट कर दिया गया है क्योंकि अभी कैंडिडेट्स के रिजल्ट आए हुए हैं हो सकता है इस कारण से पुनः खोल दिया गया है अब मैं यहाँ पे प्रोफाइल रिलेटेड यहाँ चेक कर रहा हूँ कैंडिडेट्स का मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया इसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब देखिए ये क्लियर हो गया कि ग्रीवेंस फिर से स्टार्ट हो गया है जिन भी कैंडिडेट्स का अगर ग्रीवेंस प्रोफाइल से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी तरह का ग्रीवेंस अगर नहीं हो पाया है तो वे अपना ग्रीवेंस सेल्फ के द्वारा भी कर सकते हैं या अपनी आई संस्था के द्वारा करवा सकते हैं और जिन कैंडिडेट्स ने ग्रीवेंस किया हुआ था वह अपना ग्रीवेंस आई डी के अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं अगर उनका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है तो वह अपनी आई से संपर्क कर लें और अपना ग्रीवेंस अपडेट करवा लें अब आप देखिए आपको ग्रीवेंस चेक कैसे कर कैसे करना है आपको जाना है ग्रीवेंस पर फिर ग्रीवेंस व्यू पर क्लिक करना है यहाँ पे आपकी ग्रीवेंस करते समय आपको एक आई मिली होगी उस आई को यहाँ पर डालना है आपका इस्टेटस यहाँ शो करने लगेगा अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्रीवेंस करना किस तरीके से है देखिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी सबसे पहले हमें एन सी के होम पे पर आना है इसके बाद में हमें ग्रीवेंस पे आना है ग्रीवेंस के बाद में हमें वहाँ पर कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर क्लिक करना है इसके बाद में एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है इसके बाद में ईयर सिलेक्ट करना है अब यहाँ ग्रीवेंस ऑथेंटिकेशन पे आएंगे टेनिस नेम डालेंगे ग्रीवेंस टाइप सिलेक्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर फिर इसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब हमने प्रोफाइल चॉइस किया तो प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह का मैसेज बॉक्स दिखेगा जिसमें ओ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, इसे सबमिट करना है नेक्स्ट आप ग्रीवेंस में क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं फादर नेम मदर नेम डेट ऑफ़ बर्थ ट्रेनीस नेम फोटो ये सब चीज़ें आप सही कर सकते हैं इसके बाद में ये तो फादर नेम डेट ऑफ़ बर्थ मदर नेम ट्रेनीस नेम इन्हें तो आप नॉर्मल सही कर सकते हैं डाक्यूमेंट्स अपलोड करके आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या अपलोड करना है टेंथ की मार्कशीट या सर्टिफिकेट की कॉपी आधार कार्ड इसके बाद में अगर आपके फ़ोटो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो आपको अपनी फ़ोटो सबमिट करनी है इसके बाद में एक एफिडेविट बनवाकर सबमिट करना है जो कि यहां पे स्कैन कॉपी लगेगी और आधार कार्ड हाईस्कूल की मार्कशीट ये चीज़ लगा कर आप सबमिट करेंगे जो जो चीज़ें आपको अपलोड करनी है यहाँ पे शो कर रही हैं इसके बाद में सबमिट करते ही आपको ग्रीवेंस आईडी डी जनरेट हो जाएगा जो कि यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे। नेक्स्ट स्टेप ये तो आपका प्रोफाइल से रिलेटेड हो गया अगर आपको एग्जामिनेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो आप एग्जामिनेशन रिलेटेड पर क्लिक कर सकते हैं सेम प्रोसीजर से बस प्रोफाइल की जगह एग्जामनेसन चॉइस करना है आपके मोबाइल नंबर पर ओ जाएगा सबमिट करेंगे उसको उसके बाद में किस एग्जाम में किस पेपर्स में आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है उसे सेलेक्ट करेंगे उसका डॉक्यूमेंट्स यहाँ सबमिट करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है मेन सब्जेक्ट में ट्रेड थ्योरी एम्प्लायिलिटी वर्कशॉप कैलकुलेशन प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसमें भी आपको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम्स हुई आप इसमें ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर्स है ग्रीवेंस करने का जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक ग्रीवेंस नहीं किया हुआ है या फिर उनका रह गया है ऐसे सभी कैंडिडेट्स फिर से अपना ग्रीवेंस कर सकते हैं और जिन्होंने ग्रीवेंस कर लिया हुआ है ऑलरेडी वह अपना अपना इस्टेटस चेक कर सकते हैं एन सी पोर्टल पर इस तरीके की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको सबसे पहले जो भी न्यूज़ आईटीआई से रिलेटेड होगी आपको मेरे चैनल्स के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो